सस्ते सभी तुम्हारी तारे लिए सिंधि दोस्तों ने ले दोस्तों, ने दोस्तों मलाया बोचन कर दिल से किस काय कैन में से तू भूलो